हेलो एंड वेलकम साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने सोशल साइड में दोस्तों आप सभी जो है मैथ्स को लेके बहुत ही परेशान होते होगे ना मैं सच बोल रहा हूँ ना क्योंकि ये जो है लगभग हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है कि हमें जो है मैथ्स नहीं आता हमें जोड़ना घटाना भाग करना नहीं आता हमें जो है बाक़ी बीस गणित या रेखा गणित ये सारी चीज़ें जो हमें नहीं आती हमें धन राशि ज्ञात करना नहीं आता बहुत सारे प्रॉब्लम को लेके जो है बहुत स्टूडेंट जो है शिकायत करते रहते हैं या वो जो है अपने ओर से हताश रहते हैं कि मुझे कब आएगा ये सारी चीज़ सीखने में ओके तो ये जो है सब्जेक्ट इसको मैं आप, आपको क्लियर करने जा रहा हूँ आज कि आप जो स्टूडेंट्स मैथ्स को लेके, गणित को लेके, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे अब तक वो आप फेस नहीं करोगे ओके okay? सो so, दोस्तों आप थोड़े मोटे के यहाँ चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस को आपसे छूटे ना ओके सो so, दोस्तों सबसे पहली बात जो है हम लोग जो जो भी स्कूल्स में हम प्रवेश करते हैं चाहे प्राइमरी रहे या मिडिल्स ठीक है या आप कोई भी जो है एजुकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है प्राथमिक विद्यालय में भी आप प्रवेश करते हो तो आपसे क्या मिस्टेक होता है गलतियाँ क्या से होता है दोस्तों मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। जब मैं जो स्टूडेंट था तो मुझे जो है मैथ्स को ले कोई बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं होता था क्योंकि सारा चीज़ जो है मैं अच्छे से स्टडी करता था और वो जो है अच्छा रिज़ल्ट भी आता था ओके तो यही चीज़ जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ओके कि मैं जो जो चीज़ मैं आप समझा मैं जो चीज़ को ले आगे बढ़ाऊँ वो चीज़ आप भी करो ताकि आपको मैथ्स को लेकर ना जो चिंता रहता है वो दूर हो जाए ओके तो सबसे पहली बात कि जब आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या आपको मैथ्स में अच्छा नंबर लाना है तो क्या बेसिक चीज़ें आपसे होना चाहिए दोस्तों सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है आपकी गिनती पढ़ा ओके जैसे हम जो है वन टू थ्री ठीक है सीधा उल्टा उसके बाद जो है क्या दो एक कम दो दू चार दो तीन छः दो चौका इस तरीके से जो है दो चार छः आठ पढ़ा इसको भी आपको याद होना चाहिए कम से कम बीस तक ओके okay, कितने तक 20 तक कम से कम 20 तक आपको जो है याद होने चाहिए ताकि जब आप कोई चीज़ को आप हल करो तो उसका रिज़ल्ट आपको एकदम जल्दी से मिल जाए ओके okay, दोस्तों अब जो है सेकंड चीज़ क्या करना सेकंड चीज़ आपको ये करना है कि जब जो आपको उसको याद कर लिए तो आपको जोड़ घटा घूड़ा भाग ओके okay? इसके बारे में आपको बेसिक से बेसिक अच्छे से सीखना है ठीक है एकदम अच्छे से प्यारा सा बाबू जैसे आपको कहीं इधर उधर फोकस नहीं करने हैं थोड़ा टेंशन लगेगा थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगेगा लेकिन वो टेंशन प्रेशर किससे दूर हो जाएगा जब आप गिनती या पहला याद करोगे उससे ओके okay, उससे क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको जो है इसको अच्छे से बेस क्लियर करना है कैसे जोड़ते हैं दो प्लस दो कितना होता है चार चार प्लस चार कितना होता है आठ दस प्लस दस कितना होता है ठीक है बीस तो इस तरीके से आपको जो है जोड़ना है हज़ार प्लस हज़ार दो हज़ार ठीक है अलग अलग चीज़ें जो आपको जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के खेलने हैं यदि आप जो स्टूडेंट हो मेन बेसिक के ओके okay. आपको बहुत सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ के देखना है आपका माइंड जो है थोड़ा खेलना शुरू हो जाएगा ये दिमाग जो है ये दिमाग थोड़ा दौड़ना आपका शुरू हो जाएगा ताकि आपका दिमाग जो है और से थोड़ा तेज होगा थोड़ा खुलेगा ठीक है तो ये आप एक अपने साथ करोगे अगली चीज़ क्या है अगली चीज़ ये है दोस्तों कि जब आप जोड़ करोगे गुड़ा भाग करोगे तो आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा दौड़ेगा फ्रेश होगा अब जब इसके बाद जो है आगे आपको करना क्या है वो है बहुत बड़ी गलती करते हैं दोस्तों बहुत से लोग ये गलती मत करना कौन से पता है कि जब आप हर चीज़ जान गए जोड़ना घटाना जान गए गुणा भाग करना जान गए तो आपको जो है आगे क्या काम आता है लाइफ में जब आप आगे क्लास में जाते हो नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास में या आप सेवन सेवन या एट्थ क्लास में भी जाते हो तो एक चीज बड़ी चीज़ जो है आपसे काम आता है वो है आपका बीजगणित ठीक है बीज गणित रेखा गणित लाभ हानि ये सब में जो है फार्मूला यूज होने वाले जो गणित हैं उन फार्मूला को आपको याद कर लेना होगा ओके ये फार्मूला बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं ठीक है और उसको जो है आप बार बार प्रैक्टिस करोगे बार बार आप लिखोगे तो बिल्कुल दोस्तों वो आपको याद हो ही जाएगा ठीक है मेरा मानना है मेरा कहना है और मेरा विश्वास है कि आप जो है कोई भी सब्जेक्ट को ले आप पढ़ रहे हो स्टडी कर रहे हो तो कम से कम मिनिमम उसको जो है आप 20 से 30 बार उसको लिखते ही रहो ठीक है जब तक याद ना हो तो ऐसे जो फार्मूला आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको देखने को मिल जाएगा आपके बुक्स में या आप कोई बुक भी आप बाय कर सकते हैं जिसमें जो है मैथ्स फार्मूला या सीक्रेट्स फार्मूला सूत्र जो है वो लिखा रहता है उसको आप नोट डाउन ज़रूर करें ओके आपको ये बहुत हेल्प करेगा जब आप जो है कोई गणित कोई मैथ्स को आपको आपको हल करना है तो उसको जो है आप बार बार प्रैक्टिस करो उसको बार बार जो है हल पहले से बनाया हुआ रहता है पहले से एग्जांपल रहता है उदाहरण रहता है उसको आप देखो कि ये हल कैसे हुआ है ब्रैकेट में था वो ब्रैकेट कैसे हटा है ठीक है बीस जो है उसका फार्मूला क्या है ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है ठीक है ब्रैकेट हटने से क्या होता है जब ब्रैकेट में कोई जो है गूढ़ा होता है माइनस प्लस तो क्या होता है माइनस होता है प्लस प्लस प्लस होता है ठीक है माइनस माइनस जो प्लस होता है तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बीच गणित में लेके आपको बहुत सारी चीज़ को इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में करना होगा ताकि आप समीकरण को भी अच्छे बना पाओ और आप चक्रविधि ब्याज जैसे गणित को भी अच्छे से बना पाओ ओके दोस्तों सो so, दोस्तों मेरा वीडियोस आपको कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट कीजिए और हाँ कुछ को आपके माइंड में डाउट है क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कीजिए ताकि उस क्वेश्चन उस डाउट को लो कि मैं आपको एक कोई दूसरा वीडियोस आपको शेयर करूँ जिससे आपको क्वेश्चन दूर हो जाए वो डाउट को दूर हो जाए और आप अच्छे से आगे बढ़ पाएं अपने लाइफ में ओके सो so, दोस्तों थोड़ा मोटा ज्ञान चैनल में आप यूँ ही बने रहिए है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ पर आपके साथ